हेलो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो बताऊँगा कि आप अपनी आवाज़ को कैसे साफ कर सकते हो इसके लिए आपको एक ऐप आप डाउनलोड कर लेनी है वो ऐप ये दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको इसे ओपन ओपन कर लेना है और यहां ओपन पर क्लिक कीजिए और आप यहां से जिस वीडियो की आवाज़ को साफ करना चाहते हो वो वीडियो चुन लीजिए मुझे इस वीडियो के आवाज़ को साफ करना है और अब आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कीजिए और अब आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ प्ले कर भी करके दे सकते हो और यहाँ प्लाय पर क्लिक कीजिए अब आपको अपनी आवाज़ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो थ्री डॉट क्लिक कीजिए और वापस वहीं जाइए दोस्तों और आपको इस बार यहाँ क्लिक करना है और आप सुन सकते हो दोस्तों और यहाँ पर क्लिक कीजिए अब आपको सेव करना है सेव पर क्लिक कीजिए और आप जैसे भी फोल्डर में चाह सेव करना चाहते हो वहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ आप चाहें तो थ्री कोई भी सेव कर सकते हो फिलहाल एम थ्री नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि ये देखिए दोस्तों सेव करने के लिए पैसे मांगेगा इसलिए आप एम फोर ही सेव कीजिए जैसे कि मैं यहाँ यहीं पर सेव कर देता हूँ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू